रीवा में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है जहां दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन खींच ली गई चेन स्नेचरों की गैंग राह चलती महिलाओं को अपना निशाना बना रही है वहीं पुलिस ने इलाके में स्नेचरों की फोटो जारी की है और चोरों की तलाश की जा रही है रीवा में एक चोर गिरोह सक्रिय हुआ है जो राह चलती महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है ऐसे ही एक राह चलती महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया है महिला अपने बच्चे को स्कूल से लेने जा रही थी उसी दौरान बदमाश सोने की चेन लेकर फरार हो गए ये वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई पुलिस ने की कैमरे में कैद हुई को मीडिया में जारी किया है और उनके सूचना देने वालों के लिए इनाम देने की, भी की है। बताया जा रहा है कि बदमाश काले रंग की पैसन बाइक से थे नेहरू नगर में एक महिला जो है अपने घर से स्कूल की तरफ जा रही थी और अज्ञात दो मोटरसाइकिल सवार चैन स्नेचिंग की गई है थाना सामान में जो है मुकदमा कायम किया गया है पुलिस ने तत्काल जो है आसपास के फुटेज तलाश किए हैं कुछ क्ल्यू मिले हैं उसमें फुटेज भी मिले हैं शेयर किया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय ने 3000 हजार का इनाम भी घोषित किया है और उसमें टीम लगी हुई है जल्दी ही उसमें हम लोग पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का